तो कैसे यहां से कर देना है ऐड फिर कैसे हमारा जो फोटो है वो यहां पे शो होने लगेगा जो कि एडिट के लिए तैयार हो गया है इसी हम कैसे फ़ोटो यहां आ जाएगा हमारा फोटो जो सेलेक्ट करके यहां पे डाले थे वो आ चुका है जो कि एडिट के लिए रेडी है फिर कैसे इस फोटो पे क्लिक करना है फिर कैसे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा फिर कैसे आपको सबसे पहले चाहना है ब्राइटनेस पे ब्राइटनेस पे आप हाईलाइट थोड़ा कम कर लीजिएगा मीडिया में रहने दीजिए आप अपने फोटो के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये फोटो पहले से एडिट किया हुआ है इसीलिए इस पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे फिर क्या हमारे इसके कलर इफेक्ट पर कलर पर कैसे हम कुछ नहीं करेंगे सीधे जाएंगे मिक्स पे मिक्स पर क्लिक करते ही गैस हमारे पास आ जाएगा बहुत सारे कलर के ऑप्शन फिर सबसे पहले हम जाएँगे ग्रीन कलर पर ग्रीन कलर का जो सिचुएसन है उसको कर देंगे पूरा कम इस तरीके से फिर गए दूसरा जाएंगे येलो कलर पे येलो कलर का जो सिचुएसन है उसको कर देंगे पूरा कम इस तरीके से गए फिर अपना फ़ोटो जो है पूरी तरह से पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा वाइट हो गया है वाइट ब्लैक एंड वाइट अब गए सिंपली गई इस यहाँ जाना है सी के ऑप्शन पर फिर यहाँ से अपना फ़ोटो जो है सेव कर लेना है तो वैसे इस, इस तरीके से आप अपना फ़ोटो बेटर से बेटर एडिट कर सकते हैं तो वैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर कुछ भी और पूछना है फोटो एडिटिंग के बारे में तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना थैंक्स फॉर वॉचिंग